आज बात करते हैं डब्लू एच फैमिली की डब्लू एच फैमिली मतलब व्हाट प्रश्न पूछने वाले जो वक्य होते हैं उनको कैसे किस प्रकार से बनाया जाता है और इनका किस प्रकार से यूज किया जाता है और इनका क्या मतलब होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है हो हु। Who मिस होता है कौन या किसने Where मिस कहाँ Who मिस किसको For what व्हाट मीस किस लिए फार, फार अबाउट क्या ख्याल है why क्यों when कब who किसका which विच कौन सा हाउ कैसे from where कहाँ से since वैन कब से uh, with whom किसके साथ फार For whom किसके लिए until वैन कब तक how many कितने how much कितना how far कितनी दूर how soon कितनी जल्दी how long कितना लंबा how cute कितनी कितनी प्यारी और whatever जो कुछ भी हुएर जो कोई भी वेनेवर जब कभी वाई सो so, एस What else? एल्स और क्या वाट टाइप्स किस प्रकार का तो इसी प्रकार के इंग्लिश रिलेटेड नॉलेज के लिए daily English सीखों के लिए आप like share